ओके okay तो आपको .com उपर, आपको आना है के ऊपर पे से रिलेटेड काफी कामेशन मिल जाएगी ऐसे तो बहुत सारे ऐप बिल्डर हैं लेकिन एपी पाई ईज फ्यूज एंड वैल्यू ऑफ मनी की वजह से नंबर वन है मैं आपको बता दू नाइक द ग्रेट खली डीजे अकील इंडियन एम्बेसी द स्कॉट ग्रुप लॉरियन श्रीलंका क्रिकेट कैथलॉन डिलोयट और भी बहुत सारी कंपनी है जो एपी से बनी हुई एप्लीकेशन यूज कर रही है एप मैकिंग स्टार्ट करते हैं गेट स्टार्ट एट सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है अपने एप्लीकेशन का नाम डालना है जो भी आप जो है अपने एप्लीकेशन का नाम रखना चाहते हैं और उसके बाद जो है आपको यहां से कैटेगरी चूज करनी काफी सारी कैटेगरी दी हुई है तो आप सिंपली जो है क्लिक करके चूज कर सकते हैं बिजनेस यहां पे आप जो है प्रीव्यू चेंज कर सकते हैं मतलब स्मार्टफोन के अकॉर्डिंग एंड्रॉइड स्मार्टफोन उसके साथ ही जो है आईओ ब्लैकबेरी और विंडोज uh, ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं एंड देन नेक्स्ट अगर आपका कोई फेसबुक पेज है तो आप जो है उसका यूजर आई डी यहाँ पे डाल सकते हैं या फिर सिंपली आप जो है स्किप भी कर सकते हैं नेक्स्ट एंड यहाँ पे आपको जो है डिजाइन चूज करना है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो किस तरीके का दिखेगा तो आप यहाँ से ले आउट चूज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं ये लेआउट चूज कर रहा हूँ मेरा जो एप्लीकेशन है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा नेक्स्ट अब यहाँ पे एक्चुअली आपको थोड़ा सा काम करना है बिजनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसने जो है कुछ ऑप्शन ऑलरेडी इंक्लूड कर दिए हैं हमारे एप्लीकेशन में इनमें से हम किसी को भी एडिट कर सकते हैं जैसे कि अबाउट इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे हमारे पास जो है एडिटिंग के ऑप्शंस आ गए यहाँ पे अब जो भी हम चाहें वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एडिट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो है इसे कस्टमाइज कर सकते हैं जो भी कस्टमाइजेशन करनी हो आप जो है यहाँ पे इजिली कस्टमाइज कर सकते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन हमारे पास मिल जाते हैं यू नो डिलीट का अगर आप इस एप्लीकेशन को इस फीचर को अबाउट हाउस को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं आप जो है अबाउट हाउस में लॉग इन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लॉगिन इनेबल कर सकते हैं वैसे ही आप हाइड कर सकते हैं यहाँ पर आप इसे क्लोज कर सकते हैं वैसे ही पे वेबसाइट है और दूसरे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं जैसे कि यहाँ पे ट्विटर है मुझे इसे डिलीट करना है मैं यहाँ से इसे जो है डायरेक्टली डिलीट कर दूँगा ओके okay? इसे अगर हमें अरेंज करना हो किसके बाद किसे डालना है तो वो भी चीज़ हम यहाँ से कर सकते हैं अब चलिए अगर आपको एक्स्ट्रा एप्लीकेशन एक्स्ट्रा फीचर इसमें ऐड करना हो तो सिंपली ऐड में जाइए और यहाँ पे आपके पास जो है काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जैसे सजेस्टेड में स्टोर है स्टोर ऐड करना हो डिक्शनरी ऐड करना हो ई कॉमर्स है काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं वैसे सोशल है फेसबुक ट्विटर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहां पे जो है कर देता रहे और यहाँ पे ट्विटर का जो भी यूजर है, मैं वो यहां पे डाल देता है ओके okay? और उसके साथ ही यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं मल्टीमीडिया है कॉन्टेक्ट है कॉमर्स है इंफॉर्मेशन है तो जो भी ऑप्शन आपको यूज कर लें सिंपली आप जो है उसके ऊपर क्लिक कीजिए एड कीजिए और वो आपका एड हो जाएगा तो अब चलिए यहाँ पे हम लोग जो है अपने एप्लीकेशन को प्रीव्यू करके देख लेते हैं जैसे कि अबाउट अस है इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे हम लाइव यहाँ पे जो है प्रीव्यू भी कर सकते हैं अपने वेबसाइट को फोटोज़ वगैरह को जो है वो देख सकते हैं इसने ऑटोमेटिकली देखी उसे फेसबुक की सारी फोटोज़ को जो है निकाल लिया है तो हम यहाँ पर लाइव प्रिव्यू करके भी देख सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशन जो है वो कैसा दिखेगा यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है सिस्टम पेज का आप जो है अपने एप्लीकेशन के ऊपर जो है लॉगिन इन एनेबल कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे है अपलाइन ग्लोबल लॉगिन जैसे आपका एप्लीकेशन होगा पहले लॉगिन करना पड़ेगा उसके बाद जो है आगे इन्फॉर्मेशन यू नो शो की जाएगी तो आप उन सब सेटिंग्स को यहाँ से जो है सेटअप कर सकते हैं तो काफी सारे ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको मिल जाते हैं यहाँ पे आप जो है डिजाइन को अगेन कस्टमाइज कर सकते हैं बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना हो आप अपना खुद का जो है बैकग्राउंड अगर डालना चाहते हैं तो वो भी आप यहां से डाल सकते हैं उसके साथ ही जो है आप ऐप आईकॉन वगैरह भी जो है चेंज कर सकते हैं या फिर जो भी आपको अपना कस्टम लोगो वगैरह अपलोड करना हो तो वो भी आप यहां से अपलोड कर सकते हैं ओके नीचे भी आपको और भी जो है फॉन्ट और कलर्स वगैरह से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो जो भी चेंजेस करे हो जो भी कस्टमाइजेशन करनी हो आप सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं देन जब आपका फाइनली एप्लीकेशन रेडी हो जाए तो आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए एंड फाइनली यहां पे आपको जो है साइन अप करना है या फिर लॉग इन करना है आप फेसबुक गूगल का भी यूज करके यहां पे साइन इन कर सकते हैं एंड देन नेक्स्ट आपको जो है यहाँ पे प्लान चूज करना है अगर आप प्रीमियम फीचर्स का मजा लेना चाहते हैं बहुत सारे ऑप्शंस इसमें आपको मिल जाएंगे तो आप जो है प्रीमियम प्लान यूज़ कर सकते हैं मैं यहाँ पे फ्री प्लान यूज करूँगा और फाइनली हमारे ऐप बिल्डिंग का जो प्रोसेस है वो है स्टार्ट हो गया है दस मिनट हमें वेट करना पड़ेगा उसके बाद जो है हम अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं उससे शेयर कर सकते हैं और अपने मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं तो चलिए वेट कर लेते हैं ओके okay, तो फाइनली हमारा एप्लीकेशन रेडी है डाउनलोड करने के लिए हम यहाँ पे जो है क्यूआर कोड या फिर लिंक की हेल्प से इसे डाउनलोड कर सकते हैं मैं यहाँ पे क्यूआर कोड का यूज करूंगा आपको पता होगा कि अगर आप अनोन सोर्स से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो आपको जो है अननोन सोर्स इनेबल करना होगा अपने एंड्रॉइड फोन में अगर आप आईफोन यूजर हैं तो आपको जो है सेटिंग्स में जा करके डेवलपर को परमिशन देनी होगी तभी वो आपका एप्लीकेशन जो है वो रन होगा आप जो है यहाँ से डैशबोर्ड में भी जा सकते हैं कंटिन्यू टू माई एप्स यहाँ पे आपकी जो है सारी एप्लीकेशंस होंगी और उससे रिलेटेड जो भी ऑप्शंस हैं वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जैसे कि आपको एडिट करना हो डाउनलोड करना हो नोटिफिकेशन है मोनेटाइजेशन है एनालिटिक्स है और भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं तो फ्यूचर में अगर आपको अपने एप्लीकेशन में चेंजेस करने हो तो आप जो है सिंपली डैशबोर्ड में आ सकते हैं और वहां से जो भी चेंजेस करने हो मोडिफिकेशन करने हो या फिर देखना हो वो चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं कर सकते हैं अब दोस्तों ये है हमारा एप्लीकेशन जो कि हमने अभी अभी क्रिएट किया है ओके okay गाइस तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल होगा आप लोगों को पसंद आया होगा अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए शेयर जरूर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए यही हमारी कुछ और वीडियोज जिसे आप स्क्रीन के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़